शायद इंडिया में पहली बार सारे फ्यूचर स्टॉक्स के ऊपर कोई वीडियो बना रहा है मैंने देखा है निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर तो वीडियो बना देते हैं निफ्टी सारे फ्यूचर स्टॉक्स मतलब लगभग 194 फ्यूचर स्टॉक्स हैं और कोई कोई ना कोई किसी ना किसी स्टॉक के ऊपर क्वेश्चंस करता रहता है तो इसी हमने एक डिसीशन लिया है हर महीने एक या दो बार सारे फ्यूचर स्टॉक के एनालिसिस आपको दे दें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो कुछ भी है तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है और आप अगर फ्यूचर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो फॉलो करना ना भूलें सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि जब कभी भी, भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास मेरा आ, नोटिफिकेशन जाए और डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम वाइज सारे स्टॉक्स अलग अलग डाल रहा हूँ आपको जो स्टॉक चाहिए उस स्टॉक को टच करके वो वीडियो वो स्टॉक्स के एनालिसिस जान सकते हैं पूरा वीडियो जबरदस्ती देखने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ लेकिन पैसा कमाना है तो बैठ के आराम से देख सकते हैं ये स्टॉक्स सारे तो पहला स्टॉक जो शुरू में सारे अल्फाबेटिकल्स देखते जाएंगे आरती इंडस्ट्रीज है देर ना करते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ आरती इंडस्ट्रीज मैं पहले आपको वीकली कैंडल चार्ट दिखाऊंगा नीचे कुछ इंडिकेटर्स भी मैंने डाले हुए हैं वीकली कैंडल चार्ट में अगर देखा जाए आरून सॉरी आरती इंडस्ट्री में क्या हुआ है डाउन ट्रेंड जा रहा था यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वीकली कैंडल चार्ट में ये एक पॉजिटिव साइन है यहाँ से आरती इंडस्ट्री में आप अगर बाई साइड में ट्रेड करना चाहते हैं रिट्रेस होकर वीकली ट्रेड आ, ट्रेंड में ट्वेंटी मूविंग आप इसको टच करके वापस आया है तो वीकली ट्रेंड में मैं 910 का टारगेट मान रहा हूँ वीकली ट्रेंड के हिसाब से तो ये आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड कर रहे हो जो भी कुछ कर रहे हो अगर वहाँ तक जाता है ये रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ तक आप बाय कर सकते हो उसके बाद डायरेक्ट आ जाता हूँ मैं डेली कैंडल चार्ट पे डेली कैंडल चार्ट में अगर देखा जाए तो टू मूविंग एवरेज ऑलरेडी आ चुका है आठ तो ये एक रजिस्टेंस हो सकता है तो आप अगर यहाँ पे हाइट वगैरह देखें 870 का एक टारगेट ले सकते हैं डेली कैंडल चार्ट में ओके 870. इसके बाद मैं डायरेक्ट 15 मिनट चार्ट में आ जाता हूँ 15 मिनट चार्ट में अगर देखा जाए तो क्रॉसओवर मिल चुका है 2200 का और यहाँ पे एक हाई बना चुका है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल ले है 838 का इस रेजिस्टेंस को टच करके वापस चौड़ाएगा रिट्रेस आएगा आप अगर बाई पोजिशन में है तो आठ या आठ सौ अठारह का लगा सकते हैं अभी अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर स्टॉक में अगर ये हाई तोड़ता है अभी नहीं तोड़ेगा प्राइस इसमें रेजिस्टेंस टच करेगा वापस आएगा फिर इसको तोड़ेगा जब तोड़ेगा 840 के ऊपर आप बाई कर सकते हो आठ सौ के लिए कंटिन्यूस रैली हो सकता है आरती इंडस्ट्री मेरे साइड से पॉजिटिव है सेकंड जो स्टॉक है एन लिस्ट के हिसाब से ए इंडिया लिमिटेड ठीक है ए बी बी इंडिया लिमिटेड को देखते हैं ज़्यादातर तो लोग तो करते नहीं होंगे फिर भी मैं बता देता हूँ ए फ्यूचर्स, सॉरी ए सितंबर फ्यूचर अगर यहाँ पर मैं डेली कैंडल चार्ट या, या वीकली कैंडल चार्ट में जाऊं, माय गॉड बहुत ही अच्छा रैली देखने के लिए मिला है ये बहुत दिनों का स्टॉक नहीं है क्योंकि इसका चैट अवेलेबल नहीं है हो सकता है मैं जोरोधा में देख रहा हूँ शायद इसलिए नहीं दिख रहा है तो ठीक है मैं क्या करता हूँ <coughs> चला आता हूँ डायरेक्ट इसमें आ, ये हो गया ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग व्यू में ब्रेकआउट दे चुका था और कंटिन्यूसली रैली में है बत्तीस तो में है एक्सक्यूज़ मी हाँ डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ऑलरेडी ये बहुत रैली में है फिर से यहाँ पर तो मैं बाई सेल कुछ नहीं बोल सकता बाई इन एवरी हाई में बोलूँगा लेकिन आवर्ली कैंडल चार्ट में अगर देखूँ यहाँ पे एक हाई बनाया है और इस हाई को तोड़ा है ठीक है तो यहाँ पर भी मेरा बाई सिग्नल है आप अगर ए में ट्रेड कर रहे हो तो ये पैटर्न एक तोड़ चुका है मैं आपको टारगेट देना चाहूँगा एक सेकेंड बत्तीस पच्चा, सौ का आप टारगेट ले सकते हैं उसको अगर तोड़ता है वहाँ पर रिट्रेस होके आने का चांसेस है अगर उसको तोड़ता है तो फिर उसके बाद 3340 का आप टारगेट ले सकते हो 3340 का अगर 15 मिनट चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ऑलरेडी देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉप एन हैंडल बनाए ओके कॉप एंड हैंडल बनाएं लेकिन अभी तक तोड़ा नहीं है अगर ये हाई तोड़ देता है तो मैंने जो जो टारगेट बताया है वो अचीव होने के चांसेस है जो जो स्टॉक्स फेमस नहीं है उस स्टॉक्स को मैं ज्यादा देर कवर नहीं करूंगा जो ज्यादातर तो लोग ट्रेड कर रहे हैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे एबोट इंडिया लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे एबोट इंडिया About India डेली candle chart में अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ आ रहा है अगर मैं प्राइसक्शन के बारे में बात करूँ ये मै मुझे downtrend ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है आपको मैं एक ट्रेंडलाइन खींच के बता देता हूँ ये इसका support zone है और बार बार यहाँ पे सॉरी वो resistance zone है ये support zone है तो डेली कैंडल चार्ट जब तक इसको तोड़ नहीं देता तब तक हम नहीं बता सकते क्या होने वाला है लेकिन यहाँ पे एक सुंदर सा चीज़ बन रहा है अगर आप 15 मिनट या आवरली कैंडल चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है ये वाला मिल गया आपको फॉलिंग वेज ठीक है फॉलिंग वेज एक बुलिस पैटर्न होता है अगर इस पैटर्न को अबाउट इंडिया तोड़ता है इस पैटर्न को अबाउट इंडिया ऊपर के साइड तोड़ता है तो आने वाले समय में आपको डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से इस रेजिस्टेंस तक लगभग आप 1908 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है मैं क्यों बाई साइड में बता रहा हूँ नेगेटिव ट्रेंड में है लेकिन बाई साइड में बताने का कारण ये है कि नीचे के साइड में 200 हंड्रेड मूविंग एवरेज टच करके वापस आ रहा है लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए भी आप अगर चाहो तो उन्नीस सौ उन्नीस का टारगेट रख सकते हो उन्नीस का टारगेट आप रख सकते हो ये वाला मुझे 19,480 या 19,500 का आप टारगेट रख सकते हो ठीक है इस टारगेट में आप ये स्टॉक बाई कर सकते हो स्टॉपलस रखना है तो स्टॉपलस नीचे के साइड में देखिए फ्यूचर स्टॉक्स में आप अगर काम कर रहे हैं तो स्टॉप प्लस मेंटेन करना ना भूलें स्टॉपलस आपका पैसा बचाएगा और आप अगर फ्यूचर में कर रहे हैं तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्राई कीजिए फ्यूचर ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं निफ्टी इंडेक्स से क्यों क्योंकि इसके पीछे क्या होता है फंडामेंटल्स रीजन होते हैं प्राइस बढ़ने के और नीचे गिरने के तो आपको स्टॉक्स इजी रहता है ट्रेड करने के लिए फ्यूचर ऑप्शंस में ठीक है एबीसी कैपिटल आदित्य बिल्ला कैपिटल का फ्यूचर देखेंगे यहाँ पे सारे सारे आपको मिल जाएंगे जो भी मैं चार्ट यहाँ पे जहाँ पे डेली कैंडल चार्ट नहीं मिल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम में आ जा रहा हूँ आदित्य बिल्ला कैपिटल फ्यूचर ठीक है वीकली कैंडल चार्ट में चले जाएंगे वीकली कैंडल चार्ट में आप अगर देखोगे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है प्राइस ओके ये है इसका डाउन ट्रेंड यहाँ पे सपोर्ट लिया है ब्रेकआउट होकर रजिस्ट होकर प्राइस ऊपर जा रहा है मैं बाय करने के लिए आपको सलाह दूंगा वीकली अगर एक के ऊपर चला जाता है रॉकेट हो जाएगा सर और रॉकेट हो जाएगा ये जो हाई बनाता है एक इससे पहले लोयर हाई इसको भी तोड़ देगा तो देर ना करते हुए जब भी ये हाई तोड़ेगा तो इसमें एंट्री कर लीजिएगा ठीक है तो फिर से यहीं पर भी वही चीज़ बता रहा है ये 117 के ऊपर अगर जाता है स्टॉक में आप बाई कर सकते हो 15 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज भी आ जाएगा हाँ यहाँ पर अगर देखें तो मेजर रजिस्टेंस जो है देखिए स्टॉपलस मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं अभी मुझे कवर करने वा, करने वाला हूँ स्टॉपलस आपके रिस कैपिटेड और लोयर्स जो भी लो बनाए है जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बाय दे रहा हूँ तो रिसेंटली जो लो है वहाँ पे आप स्टॉपलस ले सकते हैं अगर अभी तो बाय जोन में नहीं है ये जो रेजिस्टेंस अभी फास्ट बना है उसको तोड़ेगा तो ये रेजिस्टेंस है और उसको तोड़ेगा तो रॉकेट है ठीक है ए कैपिटल पर भी मैं बुलिस हूँ लेकिन एक के ऊपर उसके बीच में थोड़ा प्राइस अप डाउन चलता रहेगा आप देख के बाई कर सकते हो पंद्रह मिनट चार्ट में अभी अगर आप अगर देखोगे तो ये एक सपोर्ट में है ये रेजिस्टेंस में सपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है यहाँ से पॉजिटिव जाए यहाँ से आप नजर रख सकते हो एक सत्रह के ऊपर बाय कर सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एसीसी एसीसी लिमिटेड सीमेंट का स्टॉक है बहुत लोगों का फेवरेट भी है कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी था ए ए सीमेंट का ऑलरेडी चार्ट मैंने पहले भी एक बार वीकली का मेंशन किया था यहाँ पे क्या हुआ है इस फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट दिया था सपोर्ट दिया है फिर से ऊपर हाई गया है अगर फिर से ये हाई तोड़ता है तेईस सौ अत्तर अगर तोड़ता है तो मार्केट में बहुत ही जोरों से तेजी देखने के लिए मिलेगा लेकिन वीकली चार्ट में ये जो पैटर्न बना है ये ग्रीन और ये रेड ये है डार्क क्लाउड कवर ये बहुत ही हाई रिलेबल बेरिस पैटर्न है हो सकता है मार्केट में अभी कंटिन्यू गिरावट देखने के लिए मिल सकता है ए सीमेंट के लिए प्राइस में हम एंट्री करेंगे अगर तेईस के ऊपर मिलता है शेयर तो उसके बाद बाई के साइड में हम बात कर सकते हैं डेली कैंडल चार्ट में उसकी वैसे ही जरोधा में थोड़ा आ जाते हैं ए को देखते हैं मैं क्यों दो चार्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में कभी कभार मैंने देखा है फॉल्स चार्ट भी देखने के लिए मिलता है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू में क्या प्रॉब्लम है हालांकि ये सारे लोग भी ट्रेडिंग व्यू से ही लाके देते हैं आपको ट्रेड ट्रेड का डाटा फिर भी आप लोग थोड़ा कसस रही देखिए रियल टाइम में जो यूज़ होता है उसी को यहाँ सर पर भी आप अगर देखोगे एक ब्रेकआउट दे चुका है ए सी यहां पर भी आप बाई कर सकते हो इस हाई के लिए तेईस या चौबीस के लिए तेईस के लिए आप बाय कर सकते हो लेकिन एक्चुअल बाय ना इस हाई के ऊपर मिलेगा आपको ये हाई एक बार तोड़ गया ना तेईस का तो सीरियसली बहुत डेंजरस ट्रेड मिलेगा आपको कंटिन्यूसली रैली मिलेगा और ये वाला हो गया है ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे रिट्रेस हो चुका है यहाँ पे फिर से बाय मिल सकता है ए सी सीमेंट में तो आप अगर ए सी सीमेंट या सीमेंट स्टॉक में फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो कॉल साइड में काम कर सकते हो मेरा एनालिसिस इसमें बाई साइड में है ठीक है यही सारी चीज़ तो चाहिए था ना कोई एक पुश कर ले कॉन्फिडेंस दे दे अदानी एंटरप्राइजेस अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में देखेंगे देख लेते हैं यहाँ पर मिल जाएगा तो अच्छा है मैं क्यों बार बार ट्रेडिंग व्यू में जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं होता है कुछ कुछ स्टॉक्स का ठीक है डेली कैंडल चार्ट और वीकली कैंडल चार्ट का भी यहाँ पे मिल जा रहा है तो सही है पे ही देख लेते हैं वीकली कैंडल चार्ट में बहुत ही तेजी देखने के लिए मिला है अदानी एंटरप्राइजेस में यहाँ पे फॉलिंग वेज मिला था और ये हाई बना रहा है आगे जाके ये हाई टिकेगा क्या मैं बता देता हूँ आपको टारगेट्स अदानी एंटरप्राइजेस को थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करेंगे बहुत लोगों का इसमें पोजीशन है तो कुछ नहीं फिफोनासी रिट्रेसमेंट में डाल दे रहा हूँ आपको नेक्स्ट टारगेट बता दे रहा हूँ सर ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल में है आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ये वाला जगह बहुत ही अच्छा है प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पर कुछ दिन स्टॉक अटक जा सकता है या फिर नीचे गिर सकता है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो फिर से एंट्री आपको कहां करना है जब यह हाई तोड़ेगा ये हाई अभी नहीं तोड़ने वाला ये रजिस्टेंस में प्राइस थोड़ा रुकता है उसके बाद आगे बढ़ता है ठीक है अगर ये हाई तोड़ देता है तो नेक्स्ट टारगेट है मेरा कितना हाँ थर्टी सेवन थाउजेंड सेवेंटी थर्टी सेवन हंड्रेड सेवेंटी टू ओके अभी चलते हैं इसका डेली चार्ट थोड़ा देख लेते हैं क्या हुआ है इसका डेली कैंडल चार्ट में ऑलरेडी यहाँ पे पैटर्न बना रहा है और इस हाई को रिट्रेस कर रहा है मतलब बार बार टारगेट कर रहा है जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक नहीं जाएगा अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ये अच्छा जगह है प्रॉफिट बुक करने के लिए नीचे के साइड में अगर उनतीस के पास मिलता है तो इसको बाई कर सकते हैं फिर से 15 मिनट का चार्ट देखेंगे जो इंटराडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए और पंद्रह मिनट के चार्ट के हिसाब से बियरिस है ये आपको बता रहा है तकरीबन इकतीस तक आ सकता है लेकिन फिर भी 20 मूविंग एवरेज को टच करके वापस जा रहा है सर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं स्टॉक में कभी भी अदानी एंटरप्राइजेस में ट्रेड नहीं किया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये वाला बत्तीस छाप्पन, ये छप्पन इंच का सीना जो है ये सीना जब तोड़ देगा ना उसको उसके बाद एंट्री कीजिएगा बहुत लंबा Bull run आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है अदानी है, उनके ऊपर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे वीकली डेटा भी मिल जा रहा है लेकिन जो उतना देखिए प्राइस यहाँ पे इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया देख प्राइस पैटर्न का गेम है हम पैटर्न सब सिखाते हैं हमारे क्लासेस में और मैं तो अप्रोच नहीं करूंगा आप मेरा एनालिसिस देखिए आपको अगर अच्छा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यहां से कुछ हम सीख सकते हैं तभी जाके यहां पे आप एडमिशन कर सकते हैं कुछ हमसे सीख सकते हैं ये एक इस चैनल में ट्रेड होने वाला है रेजिस्टेंस हो रहा है इस टारगेट लेवल पे अदानी एंटरप्राइजेस अदानी पोर्ट्स आप अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये रजिस्टेंस लेवल को आप बार बार देख चुके होंगे तो मुझे लगता है यहाँ से प्राइस फिर से नीचे गिरेगा कहाँ तक गिरेगा 730, 737 मतलब 730 का ले सकते हैं टारगेट नीचे के तरफ से ठीक है ये हो गया वीकली चार्ट के हिसाब से अब देखेंगे हम डेली कैंडल चार्ट डेली कैंडल चार्ट में भी हम देख रहे हैं ये रजिस्टर्स बार बार टच कर रहा है सपोर्ट साइड कहाँ पे है टू हंड्रेड मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले सकता है सेवन सिक्सटी वन वहाँ देखा था यहाँ पर सेवन तक बता रहा है ठीक है आवर्ली कैंडल चार्ट आ जाता है आवली कैंडल चार्ट में यहाँ पर कुछ पैटर्न बन रहा है क्या जी सर बन रहा है क्या पैटर्न बन रहा है पैटर्न के बारे में अगर आइडिया नहीं है पढ़िए सर पैटर्न के बारे में पढ़िए प्राइस एक्शन का ही गेम है सारा ठीक है तो ये पैटर्न बन रहा है ये राइजिंग वेज है राइजिंग वेज एक बियरिस पैटर्न है राइजिंग वेज में प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है मैं ये आपको नहीं सिखाने वाला हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे राज हैं आपको पढ़ना पड़ेगा जानना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो तो यहाँ पर क्या हुआ है नीचे के साइड में हम सोच रहे हैं अदानी पॉट भी पॉट पे पंद्रह बता रहा है मैं नीचे के साइड में ही ट्रेड करना चाहूंगा अगर शॉर्ट टर्म में दो तीन दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं मैं सेल साइड में दूंगा इसका कॉल अदानी पॉट के ऊपर मैं सेल साइड में ही हूँ क्योंकि मैंने आपको रजिस्टेंस लेवल बताया है। यही रेजिस्टेंस लेवल को जब तक नहीं तोड़ देता तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं करने वाला ठीक है चलिए अभी देखते हैं दूसरा अदानी पौड के बाद एलकेम लेबोरेटरीज एल्केम एलकेम अल्केम बहुत अच्छा कंपनी है बहुत बड़ा कंपनी है मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ मैं जेरोधा पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर वीकली डेटा नहीं है जहाँ पर डेटा का शॉर्टेज है वहाँ पे लॉस होने का चांसेस है तो क्या करेंगे अल्केम फ्यूचर्स देखेंगे यहाँ पे वीकली चार्ट देखेंगे सर वीकली में ट्रेंड लाइन डालना मत भूलिए वीकली में ट्रेंड लाइन डालना मत भूलिए क्योंकि यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत अच्छा काम करने वाला है हो गया मिल गया आपको कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा सर बताइए अल्केम पूरा क्लियर हो गया सीमेट्रिक ट्राइंगल बना रहा है यह सपोर्ट जोन है इस सपोर्ट को अगर तोड़ेगा देखिए सपोर्ट को प्राइस लग के ऊपर गया है कहाँ तक जाएगा मूविंग एवरेज 20 तक जाएगा कहाँ है तीसरा थर्टी थाउजेंड एटी फाइव तक जा सकता है स्टॉक डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे ओह वाह जहाँ पर रेजिस्टेंस हमने सर ने खींचा है वहाँ पर 200 मूविंग एवरेज डाल रहा है 200 मूविंग एवरेज क्या बताता है आपको 200 हंड्रेड मूविंग एवरेज बताता है ये बहुत ही बड़ा स्ट्रांग रजिस्टेंस है थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं थैंक यू वेरी मच अभी प्राइस कहाँ तक जा सकता है सर ये रजिस्ट्रेंस तक जा सकता है क्या है वही एक थर्टी वन थाउजेंड का टारगेट लेके बाई कर सकते हो स्टॉप प्लस कहाँ लगाएंगे तो प्लस यहाँ पे लो पर लगाएंगे ट्वेंटी एट थाउजेंड ट्वेंटी एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव में फिफ्टीन मिनट का चार्ट देखेंगे देखिए वीकली का सपोर्ट रजिस्ट्रेंस लगाया था अभी मुझे पता है स्टॉक कहाँ तक जा सकता है वीकली चार्ट के हिसाब से क्या चल रहा है सॉरी फिफ्टीन मिनट के हिसाब से फिफ्टीन मिनट के हिसाब से सर फॉलिंग वेज चल रहा है फॉलिंग वेज क्या है फॉलिंग वेज बुलिस पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है रिट्रेसो के ऊपर की तरफ जा रहा है अगर ये हाई तोड़ देता है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट्टी सेवन जो जो हाई मैंने बताया जो जो टारगेट मैंने बताया वो अचीव होगा फिफ्टीन मिनट के चार्ट के हिसाब से मेरा बाई है डेली और वीकली के हिसाब से भी बाई है लेकिन स्टॉपलस याद रखिए स्टॉपलस क्या है ये जो नीचे वाला सपोर्ट है ये स्टॉपलस है समझ में आया आलकेम चलिए नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं आलकेम आलके, एल्केम के बाद क्या था अमर राजा बैटरीज अमर राजा बैटरीज अमर राजा बैटरीज।, बैटरीज अच्छा स्टॉक है सर फ्यूचर स्टॉक हो सकता है ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं सिर्फ अमर राजा बैटरी में ही ट्रेड करते रहते हैं बहुत तेजी से गिरा है क्यों गिरा है बहुत लोगों का अपेक्षा अपिक, था इसके पीछे कि बैटरी का स्टॉक्स चल सकता है बहुत कंपटीशन है अभी मार्केट में देखिए डाउन ट्रेंड में वीकली चार्ट में ब्रेकआउट मिल चुका है सपोर्ट ले रहा है अगर ये हाई तोड़ता है 526 रॉकेट हो जाएगा कहाँ तक जाएगा 661। सिक्सटी वन ओके स्टॉपलस कहाँ लगाएंगे स्टॉपलस ये लो पे लगाएंगे फाइव का मैं फिर से आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ नोट कीजिए अगर नहीं हो पा रहा है तो पीछे जाके देखिए कहाँ पे मैं सपोर्ट और रजिस्टेंस बता रहा हूँ 528 530 का रजिस्टेंस है उसको तोड़ेगा तो डायरेक्ट आकर रुकेगा कहाँ पे यहाँ पे 665 तक ओके 665 या 70 तक अगर समझ में नहीं आ रहा है रिवाइंड करके देखिए ठीक है अमराजा बैटरी बहुत स्टॉक्स हमको कवर करने हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ डेली कैंडल चार्ट क्या बता रहा है डेली कैंडल चार्ट 200 हंड्रेड मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करने की कोशिश कर रहा है पैटर्न क्या बना रहा है सिंपल है हेड एंड शोल्जर बना रहा है इन्वर्टेड कहाँ तक जा सकता है यहाँ पे एक रैली दे सकता है अगर ये हाई तोड़ेगा तो कितना रैली दे सकता है सिंपल सा ये जो डीप है नाइन्टी का ऑफ में रैली दे सकता है स्टॉप प्लस कहाँ पर लगा है के लिए फोर के लिए लगा सकते हैं फिफ्टीन मिनट का चार्ट देखेंगे फिफ्टीन मिनट चार्ट में ये हटा दे रहा हूँ 15 मिनट चार्ट में क्या बन रहा है 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे एक बॉटम बना था फिर से यहाँ पे बॉटम बन रहा है तो यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पटा रहा है सर और क्या चाहिए और कितना डिटेल्स में बताऊं अमर राजा बैटरी मेरे तरफ से बाय है आप स्टॉपलेस लगाना ना भूलें लॉस अपने एपीटाइट के हिसाब से ले सर ने बताया है खरीद के घर मत लेके जाइए जिस दिन का ट्रेड है उस दिन ख़त्म कीजिए फ्यूचर्स आपको बहुत बड़ा लॉस ले से दे सकता है इसलिए जब कभी भी आप फ्यूचर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उसको पोजीशन मत बनाइए जिस दिन का उस दिन ट्रेड खत्म कीजिए स्टॉक्स में बना रहे हैं सही है अपने जितना कैपिटल है उसके हिसाब से बताए बनाइए अपोलो हॉस्पिटल चलेंगे क्या है और एल केम मैंने देखा था अपोलो हॉस्पिटल भी देख रहे थे देखिए जो भी है आई फार्मा एफ बार बार बताता हूँ आई फार्मा एफ मार्केट अगर नेगेटिव जाता है तो ये सब पॉजिटिव जाता है क्या बना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर 15 मिनट चार्ट पहले तो हमको देखना चाहिए था वीकली चार्ट फिर भी चलिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना था और तब से तेजी में है वीकली चार्ट देख लेते हैं क्या है वीकली चार्ट बहुत दिनों से नीचे के साइड में जा रहा था प्राइस ये है इसका रेजिस्टेंस रजिस्टेंस मतलब ये टारगेट हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में सीधी सीधी बात बताऊँ यहाँ पे बाई कर सकते हैं क्या सर कर सकते हैं क्यों कॉपर हैंडल पैटर्न बना रहा है सर ये रेजिस्टेंस तोड़ा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 4 4550 4550 अगर तोड़ता है तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं इसमें आप एंट्री कर सकते हैं ये रेजिस्टेंस लाइन आप तोड़ लगा दीजिएगा टारगेट कितने का है स्टॉक में भी बाय कर सकते हैं फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं टारगेट सर पंद्रह सौ का रैली दे सकता है क्लियरली बता रहा हूं पंद्रह सौ का रैली दे सकता है ठीक है अभी चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में 15 मिनट के चार्ट में भी यहां पे आप अगर देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड सोल्जर पैटर्न हमने देखा है राइट देख लेते हैं ये वाला हो गया आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मैं बता रहा था जो पहले ही खोलते हुए ये पंद्रह मिनट का चार्ट है यहाँ पर भी हम बाई कर सकते हैं सर कैसे बाई कर सकते हैं सिंपल सा ट्रेंड लाइन खींचिए यह हो गया आपका नेक लाइन ठीक है ये हो गया आपका नेकलाइन ये नेकलाइन जब तोड़ेगा तोड़ चुका है थोड़ा सा रिट्रेस होगा फिर से बाय के लिए जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए ये यहाँ तक बाय कर सकते हैं फोर का रिस्क कैपिटेट खुद से चुनिए आपका रिस्क कितना लेने का कैपेसिटी है उसी तरह से ही आप रिस्क लीजिए ठीक है चलिए दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं एप्पल हॉस्पिटल हो गया एपोलो टायर्स देखते हैं वीकली चार्ट देखेंगे अपोलो टायर्स ऑलरेडी सब कुछ खींचा हुआ है मैं ज्यादातर देखते रहता हूँ ऑलरेडी यह रेजिस्टेंस था, रेजिस्टन्स था। रेजिस्टन्स तोड़ चुका है और प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे रिट्रेस होके वापस जा रहा है सर, है सर पैटर्न वीकली के हिसाब से बाई दे चुका है डेली के चार्ट में देखेंगे और टारगेट लेंगे डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से फॉलिंग वेज बन रहा था फॉलिंग वेज में ब्रेकआउट दे चुका है फॉलिंग वेज आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ओके ब्रेकआउट दे चुका है पहले टारगेट के लिए अभी 266 के लिए बाय कर सकते हैं दूसरा टारगेट कितना हो सकता है दूसरा टारगेट हम लेंगे फिवोनाजी रिट्रेसमेंट से सर दूसरा टारगेट दूसरा टारगेट आपका हो सकता है ये वाला 316 सौ सोलह स्टॉपलेस लगाएंगे? लगाएंगे स्टॉपलेस लगाएंगे 239 में ओके फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक आप चाहे तो किसमें स्टॉक्स भी ले सकते हैं ओके अच्छा है बाइंग पोजीशन में दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट दिया हुआ है इसके बाद कौन सा स्टॉक है अशोक लेलैंड वाह अशोक लेलैंड में भी ब्रेकआउट देखने के लिए मिल चुका है वन थर्ट फिफ्टी ये जो टारगेट था ऑलरेडी हमने इसको बाई बार बार दिया हुआ है यहाँ पे हमने बाई दिया था जहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था राइट उसके बाद से प्राइस कंटिन्यूसली रैली कर रहा है स्टॉपलेस कहाँ लगाएंगे 150 पे टारगेट क्या लेंगे 165 का 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉट है हो सकता है बहुत बड़ा लॉस हो साई तोड़ चुका है और यहाँ पर नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है रिसेंट क्या टारगेट दे सकता है सिम्पल है रिसेंट आपका 156 का टारगेट लेके आप बाई कर सकते हो ठीक है आज या कल के अंदर एक तक चला जा सकता है इसके बाद लास्ट स्टॉक देखेंगे क्या है एशियन पेंट एशियन पेंट्स लिमिटेड कैसा चल रहा है वीकली चार्ट फार्मा एफएमसीजी आईटी ये चाहो या ना चाहो एफएमसीजी में ही आ जाता है हमने जो टारगेट दिया था वो टारगेट अचीव होकर वापस आ रहा है स्टॉक वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से तो डाउन ट्रेंड में है क्योंकि एब एंडोन बेबी बियरिस पैटर्न बना हुआ है हाई रिलेबल कैंडल है ये डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो क्या बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है देख पा रहे हैं आप ऐसे आपको देखना पड़ता है नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है फिफ्टीन मिनट चार्ट में देखेंगे एफ एम और फार्मा जब मार्केट डाउन जाएगा तो ये अब जाते हैं मार्केट अब जाएगा तो ये नीचे आता है सिंपल सी बात है क्या बन रहा है यहां पे डबल बॉटम बन रहा है सर पता नहीं है पैटर्न्स पैटर्न का क्लासेस हम दे रहे हैं ले सकते हैं अभी ये क्या है ये इसका नेकलाइन है सर सॉरी ये इसका नेक नेकलाइन है सर इस नेकलाइन को अगर तोड़ेगा कहां तक जाएगा सर टारगेट है आपका 3486 तक तोड़ेगा या नहीं ये ब्रेकआउट देगा या नहीं पता नहीं कंफ्यूजन में है क्यों कंफ्यूजन में है सर क्योंकि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ और 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ हो सकता है मार्केट में कुछ दिन चौपी बना रहे स्टॉक में उसके बाद मोमेंटम देखने के लिए मिले तो मेरे तरफ से इसका होल्ड पोजिशन है इसमें बाइसल अभी ना करें ठीक है तो लगभग पंद्रह स्टॉक्स हमने एनालिसिस किया हुआ है अगले मैं अगले मतलब अगले वीडियो में मतलब शाम को या कल सवेरे फिर से डालूंगा नेक्स्ट और पंद्रह स्टॉक के लिए मैं सोचा था पूरा सारे एक स्टॉक्स एनालिसिस कर दूँ लेकिन बहुत लंबा वीडियो बन रहा है और बहुत ही एनर्जी वेस्ट हो रहा है मेरा आप लोग ये सब एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल हो ये आशा है मेरा लाइक करें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए दूसरा मैं वीडियो डालने वाला हूं आज या कल उसका नोटिफिकेशन आपको जाना चाहिए थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक